चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आपको फोटो में आयरन मैन कैप्टन अमेरिका और डेडपूल दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए पैंसठ ऑप्शन बी पचासी ऑप्शन सी पिचत्तर या ऑप्शन डी 60। सही उत्तर देने वाले लोगों का नाम हम